सोरे हे लोग आज तो वेलकम टू माई न्यू वीडियो तो स्वागत है हमारे चैनल वाई फिलर के अंदर में तो आज हम देखने वाले कि हमारे अपडेट में क्या हुआ गेम क्यों ओपन नहीं हो रहा तो चलो देखते हैं हमारा वीडियो तो गाइज हमारा गेम इसलिए ओपन नहीं हो रहा है कि अपडेट आने वाला है ऐसा दिख रहा है ना ऐसा इंटरफेस होगा आपके आप गेम में जाओगे तो ऐसा इंटरफेस होगा तो मैं बताने वाला हूँ तो कैसे होगा कब होगा तो आप एंड तक देखते हो वीडियो और स्किप करके देखते हो तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता तो एंड तक देखते हो बिना स्किप करे तभी आपको ये वीडियो समझ आए तो गाइज़ पहले तो हमें ये अपडेट आने वाला है एक तो ओ वी का अपडेट है अब अप टेंशन मत लेना आपके आई डी बैन नहीं होगी कुछ नहीं होगा आपके आई डी को ये साढ़े से शाम साढ़े तक ये अपडेट मतलब ये मैंटेनेंस कर रहने वाले गाइज़ ये ओ का अपडेट आप टेंशन मत लेना तो कैसे उन्हें आला है तो एक नया कैरेक्टर आने वाला है गेम में तो उसका वो ये देखो ये रियल लाइफ में ये एक रैप तो न्यू गन आने वाली यूजी, मतलब आए, ए, ए, की है मतलब यू जेड आई ये एस एम जी एम ओ के ये आप समझ ये पिस्तौल मत समझ लेना ये एस एम जी एम ओ के गेम साढ़े पाँच बजे के बाद ही ओपन होगा पाँच चालीस के बाद ओपन होगा साढ़े पाँच बजे के पहले नहीं होगा आपके आई डी बैन नहीं होगी तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।